नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपका चैनल एस्ट्रो दिनांक 11 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी लोगों को आज कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे इसके साथ साथ शुभ अंक शुभ रंग और आज के दिन श्रावण मास का ये समय चल रहा है क्या ऐसा विशेष उपाय करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे भगवान भोलेनाथ आप सभी पर प्रसन्न हो दर्शकों सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे हमारा ये जो राशिफल है ये आपकी जो है चंद्र राशि और नाम राशि ये दोनों में समान रूप से जो है लागू है तो यदि आपके नाम के भी अक्षर जैसे आपका आ नाम से शुरू होता है तो मेष राशि है आपका जो है ना से शुरू होता है तो वृश्चिक राशि है बा नाम से शुरू होता है तो वृषभ राशि है या चंद्रमा आपके जिस राशि में जिस घर में बैठा हुआ होती वो आपकी चंद्र राशि होती उससे भी आप इसको देख सकते हैं दर्शकों आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत दो हजार पचहत्तर 1940 कृष्ण पक्ष श्रावण मास की जो है आज अमावस्या तिथि रहेगी उसके बाद प्रतिपता तिथि लग जाएगी अमावस्या रहेगी दोपहर पंद्रह बजकर 29 मिनट तक की उसके उपरांत प्रतिपता तिथि लगेगी पुष्य नक्षत्र रहेगा दो बजकर 55 मिनट प्रातः रहेगा इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा तो दर्शकों अश्लेषा चूंकि बुद्ध का यह नक्षत्र है तो जो भी आज जातक इसमें जन्म लेंगे वो आज गणमूल नक्षत्र में आते हैं और चंद्रमा का गोचर आज कर्क राशि में रहेगा सूर्योदय की यदि आज हम बात करें तो पांच बजकर सैतालीस मिनट पर हमारा सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस चार मिनट पर राहुकाल एक, काल एक समय की इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल का समय रहेगा प्रातः नौ बजकर नौ मिनट से दस बजकर सैतालीस मिनट तक की और गुलिक काल में आप शुभ कार्यो को करिएगा अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा ग्यारह से बारह तक की रहेगा और बारह इकतीस से बारह पचपन के बीच विजय मुहूर्त रहेगा इसमें आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आज का जो है जो दिशाशूल है तो आज शनिवार का जो दिशाशूल है पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत ही अति आवश्यक है तो अदरक और घी खा करके आप आज यात्रा कर सकते हैं देखिए सभी दर्शक हम लाइव आ गए हैं तो सभी दर्शक हमारे देख रहे हैं प्रणाम से सब लोगों को राम राम सादर जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों को माता रानी आप लोगों को जो है बहुत ही सुख समृद्धि प्रदान करें दर्शकों आज की तिथि से संबंधित कुछ बता देते हैं तो आज प्रतिपदा तिथि है प्रतिपदा तिथि को देखिए दर्शको आज कद्दू मत खाइएगा कुमांड के फल का दान तथा भच्छर ये दोनों ही मनाही होती है आज के दिन शास्त्रों में आज चूंकि लगभग तीन बजे तक की अमावस्या तिथि रहेगी तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि व्याभिचार एक दूसरे से मत करिएगा और कद्दू का सेवन आज मत करिएगा आज जिनका जन्म होता है तो काफ़ी जो है वो लोग न्यायप्रिय होते हैं कठोर स्वभाव के होते हैं पराक्रमी परिश्रमी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके ऊपर अगर कोई दुख आता है कोई मुसीबत आती है तो हंसते हंसते लोग सह लेते हैं और शनिवार को जो जातक का जन्म होता है तो काफ़ी इन लोगों में स्वभाव में साहस होते हैं न्यायप्रिय होते हैं अपने आँखों के सामने कुछ गलत होता हुआ ये नहीं देख सकते हैं चलिए दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग पंचांग हमने आपको बताया ही था कि पंचांग के पांच अंग होते हैं आप लोगों को यदि नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए देखिए बता देते हैं कि ये पांच अंग कौन कौन से हैं। तिथि है वार है नक्षत्र है योग है करण है ये पांच अंग होते हैं आप लोग अपनी जानकारी के लिए याद रखिएगा चलिए अधिक समय ना लेते हुए मेष राशि पर बढ़ते हैं उससे पहले बताना चाहते हैं कि जो भी दर्शक हमारे लाइव जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कर दें सब्सक्राइबर वाला जो है रेड आइकन आप दबाइए और बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हमारी पुरानी वीडियो भी जाकर के आप सभी लोग देखिए काफी ज्ञान वो वीडियो आपका करेगी तो मेष राशि की बात करें तो आज आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने अपने आप को सिद्ध करने के लिए आज कई अच्छे मौके आते हुए दिख रहे हैं खास करके आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के सामने भी बहुत अच्छे मौके आपके पास आएंगे और आज अपने आप को आप प्रूफ करेंगे वहीं पर संतान पक्ष की यदि आज हम बात करें तो संतान पक्ष को लेकर हो सकता है कुछ मानसिक रूप से आप जो है पीड़ित हो जाए आपकी संतान आपके कहने के अनुसार कथन के अनुसार ना चले तो कुछ डांट डपट भी लगा सकते हैं संबंधों पर अपने मधुर जो है ध्यान दीजिएगा परिवार में आज हो सकता है किसी से अनबन रहे आज आप लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे आपको आज पहल और नेतृत्व भी करनी रहेगी आज कोई नया आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ गैजेट आप परचेस करते हुए नजर आएंगे माता का सुख बहुत ही अच्छा रहेगा और भूमि से संबंधित भी आज कोई आपको सुख मिलेगा किसी से बात विवाद हो सकता है तो इससे आज आपको बचना है करना क्या है आज आपको आज भगवान भोलेनाथ का आज आपको दर्शन करना है और पत्र पत्र लेना है 108 ले लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ पर 108 सौ पत्र ओम नमः शिवाय बोलकर आज आपको चढ़ाना रहेगा इसके साथ साथ शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो आपके लिए स्काई ब्लू कलर आज रहेगा अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा और आपको टी नाम के नाम के लोगों से आज बचकर रहना है तो मेष राशि के बाद अब हम बढ़ते अपनी अगली राशि टॉरस अर्थात राशि क्या कहते हैं तो वृक्ष राशि के जो हमारे जातक रहते हैं प्रातः काल से ही यात्राओं का योग बन रहा है खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा योग का प्राणायाम का आज आपको सहारा लेना रहेगा इसके साथ साथ आज आप बेहतर ढंग से अपने आप को जो है रखते हुए प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अग्रसर होते हुए नजर आएंगे व्यापार में भी आज आपको प्रत्याशित लाभ होगा वहीं विदेश से सुख समाचार की प्राप्ति होती हुई संभव है इसके पराक्रमंद्रमा पराक्रम के भाव में, आज गोचर करेगा। आज कर में गोचर करेगा तो आज आपका पराक्रम अच्छा भाई से भी आज आपके रहेंगे। उनकी प्रेरणा से कुछ आप अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे आज वाहन बहुत आपको सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा घर परिवार की स्थिति में कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है इससे कुल मिलाकर आज आपको बचना रहेगा इसके साथ साथ वृषभ राशि के जात को आज हो सके तो किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा शनि मंदिर में दशरथ के शनि स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा और किसी कन्या को आज यदि आप मेहंदी दे सकते हैं कौन वाली मेहंदी आती है तो मेहंदी अगर आप दे देंगे तो अति उत्तम रहेगा वाइट कलर शुभ कलर है अंक 6 आपका शुभ अंक है जी नाम आर नाम के लोगों से बहुत ही अलर्ट रहना है चलिए मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं जैमिनी तो आज का राशिफल राशि भविष्य मिथुन राशि वालों के लिए यही कह रही है कि आज परिवार के मामलों में नई जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते हुए नजर आएंगे कुछ परचेजिंग संभव है खरीदारी संभव है कोई पुरानी देनदारी आज निपट सकती है बिजनेस के जरूरी कामों की योजना बन सकती है आज आपको अपने उच्चाधिकारियों से संबंध बहुत मधुर रखना रहेगा आज यात्राओं का योग प्रातःकाल से ही बन रहा है अपने अंदर की जो काइंडनेस है क्षमापन है उसको आज आपको निकाल कर सामने लाना है हो सकता है कई लोग कुछ गलती कर दे तो अपने अंदर दया का भाव लाइएगा और उनको माफ करिएगा जोखिम भरे निवेश से आज आपको बचना रहेगा फालतू बातें आज दिल दिमाग में चलती रहेगी इन पर आज आपको गौर नहीं करना आगे निकल जाना है आज जीवन साथी के साथ कुछ गर्मा हो सकती है मतभेद हो सकता है दूसरों की सलाह पर भरोसा ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचना और अनजान लोगों की बातों से भी आज आपको बचना है तो आज के लिए उपाय हम बता देते हैं क्या करना है कोशिश कीजिएगा पहली बात तो किसी को आज आपको पैसा नहीं देना है निवेश से बिल्कुल आज आपको बचना है दूसरा इधर आज शमीपत्र से भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करने के बाद शहद थोड़ा सा जो है आपको डालना है समीपत्र चढ़ाइएगा और शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करना रहेगा ग्रीन कलर शुभ कलर अंक तीन शुभ अंक आपको ए नाम और क्यूँ नाम के लोगों से आज बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कर्क राशि कैंसर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो पैसों से जुड़े कई मामले आज आपके सामने आ सकते हैं सोच समझकर कर खरीदारी करिएगा आज आपकी आय कम और व्यय बहुत ज्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है राजनीतिक मामलों में आज कुछ सफलता मिलती हुई आप लोगों को नजर आ रही है आज कोई बहुत बड़ा फैसला आप ले सकते हैं कॉन्फिडेंस का जो स्तर रहेगा बहुत ऊपर रहेगा चूंकि आपकी कर्क राशि चंद्रमा आपके लग्न में ही गोचर करता हुआ नजर आएगा आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा इसके साथ साथ व्यापार व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो व्यापार में भी आज आपको बहुत ही अप्रत्याशित लाभ होने वाला है छोटे से निवेश से आज, आज आप बड़ा जो है फायदा पाएंगे। हालांकि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी परेशान होते हुए चिंताएं सताएगी सावधान रहिएगा पार्टनर के साथ आज, आज आपको ठीक ठाक समय बिताना है स्वस्थ शब्दों का प्रयोग करिएगा बहुत अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी तो कर्क राशि के जात को आज करना क्या है आज हनुमान मंदिर में चमेली के तेल और सिंदूर को जो है मिक्स कर दीजिएगा और हनुमान जी का आज आपको लेप करना है आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा अंक चार शुभ अंक रहेगा ओ नाम और जेड नाम के लोगों से आज आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है लियो सिंह राशि तो आज का राशिफल सिंह राशि वालों के लिए यही कह रहा है कि पैसे और परिवार के कुछ मामले आज आपके दिल दिमाग पर हावी हो सकते हैं नई बातें पता चलेगी संतान की ओर आज आपको ध्यान देना खास करके आप अपने संतान की शिक्षा पर ध्यान दीजिएगा वहीं पर आज आपको पेट से रिलेटेड कोई बिकार कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी तो चिकित्सीय उचित चिकित्सीय परामर्श ले लीजिएगा छोटे मोटे दर्द को भी आज आपको इग्नोर नहीं करना है इसके साथ साथ जो हमारे सिंह के जातक ये देख रहे हैं उनको आज कुछ हान होती हुई नजर आ रही है तो इससे आज आपको बचना विदेशों से समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है और करना क्या है सिंह राष्ट्र के जातकों आज प्रातः काल आपको जल्दी उठना है और जल्दी उठने के उपरांत सबसे पहले तो सूर्यदेव को आज आपको अर्घ देना रहेगा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के आज, आज आपको अर्घ देना रहेगा दूसरा आपको करना यह रहेगा कि किसी ब्राह्मण को शहद या पपीते का भी दान आज आप कर सकते हैं शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो वाइट कलर आपका शुभ कलर रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच आपका शुभ अंक रहेगा ओ नाम जी नाम के लोगों से बहुत सावधान रहना है चलिए कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ कमेंट पढ़ देते हैं चूंकि हमारा ये सेशन लाइव चल रहा है तो जो भी दर्शक यदि तो हाँ क्षमा है लेकिन पहले लाइव वालों को जो है जो है पढ़ चलिए जी लिखती है। प्रणाम तो हेमलता जी प्रणाम आकाश किंग लिखते हैं राम राम जी आकाश जी राम राम गुरु जी बहुत अच्छा बताते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी लिखती है देखिए सब आपका आशीर्वाद है आपका स्नेह है शुभम मिश्रा जी वही लिखते हैं चरण स्पर्श भैया जी तो खूब आप तरक्की करिए आयुष्मान भाव आपको राकेश कुमार जी ने लिखा है रा, राजस्थान मेरा भविष्य कैसा रहेगा राकेश जी यहाँ आपको हम सलाह देंगे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आप प्रॉपर वे से प्रॉपर चैनल से आइए आपकी कुंडली देख लेंगे सुषमा जी लिखती हैं जय माता दी तो सुषमा जी जय माता दी और भैया जी हम फोन किए पर कोई उठाए नहीं सुषमा जी बहुत ढेर सारे एक एक दिन में पांच सौ फोन कॉल्स आती है तो साइलेंट से फोन लगा रहता है इसलिए नहीं उठ पाता है कोशिश कीजिएगा फिर से आपका फ़ोन उठेगा और नितेश सिंह जी लिखते हैं कोटी कोटी प्रणाम नीतीश जी नमस्कार दीपक गौर जी नमस्कार जी मंजीत जी आल टेक्निकल चैनल टिप्स के नाम के नाम वाले देखिए आल टेक्निकल टिप्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिएगा नाम की अक्षर से जो स्पेलिंग शुरू होती है उसमें के नाम का भी है आप जाइएगा देख लीजिएगा और कुंडली के बारे में पूछना है हम दिल्ली नहीं आ सकते भैया जी सुषमा जी सुषमा जी आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकती हैं और सर आप मुंबई कब आओगे पूनम जी लिखते पूनम जी देखिए मुंबई हम आ जाएं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन कम से कम आप 20 लोगों को एकत्र कर लीजिएगा जिनकी कुंडली वास्तव में जो है जो दिखवाना चाहते हैं और फिर आप हमको बताइएगा हम चले आएंगे मुंबई कम से कम बीस लोग तो हों कम से कम क्योंकि मुंबई आना जाना तो तीन चार दिन का समय लेकर आएंगे बीस लोग कम से कम हो और आप टेलीफोन पर फोन करके बता दीजिएगा कि सर बीस लोग हैं हम आपकी कुंडली जो है आके वहीं पर देख लेंगे और बाकी जो बीस लोग रहेंगे उनकी भी कुंडली देख लेंगे जिनको भी हमको बुलाना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बुलाना है पोर्ट ब्लेयर बुलाना हो आपको सुकमा में बुलाना हो दरबा घाटी बुलाना हो झारखंड जिस भी स्टेट से आप हैं आप लोग अगर ट्वेंटी कम से कम जो है 15 15 मिनिमम है 20 से 30 लोग अगर हो जाएं तो काफ़ी जो है अच्छा रहेगा आकर देख लेंगे और उसका देखिए कुछ शुल्क पड़ता है कुंडली जो है एनालिसिस का तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग माइंड मत करिएगा भगवान आप लोगों को दे रहा है ईश्वर करे आप लोगों को और आगे भी भगवान खूब दें खूब तरक्की दें तो मैं हमेशा आपकी राशि देखती हूँ सुषमा जी ये देखिए आप लोग आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिनंदन किए हमारा ये राशिफल देखती हैं तो जिनको भी बुलाना होगा वो स्टेप फॉलो करिएगा ऑफिस के नंबर पर फोन करके नोट करा दीजिएगा और एक दो महीना पहले ही आप लोग बता दीजिएगा तो ठीक रहेगा प्रोग्राम जो है हम और भी अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे तो चलिए सिंह राशि हो गई थी कन्या राशि की ओर बातें हैं 18 19 अगस्त को ऐसे दिल्ली आ रहे हैं जिनको भी मिलकर अपनी जन्मकुंडली दिखवानी वो मिल सकते हैं कन्या राशि की बात करें तो धैर्य से काम करिएगा आज से काम लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा कोई नया विचार आपके मन में आएगा कौतूहल हो सकता है कि आज आप कहीं पर भी जो है किसी के सामने कुछ भी बोल दे तो अपने शब्दों का उचित चयन आज आपको करना रहेगा आज कोई पुराना ऐसा मामला आ सकता है कि आपको पीड़ा दे मानसिक वेदना दे तो इससे आज आपको बचना है उच्च अधिकारियों से आपका ठीक ठाक जो है संबंध रहेगा जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा कहीं घूमने के लिए आज बाहर जाते हुए नजर आएंगे अचानक यात्रा का योग बन रहा है घर परिवार के मामलों में भी आज आपको समय देना होगा आल टेक्निकल चैनल लिखते हैं आप कहा पर रहते हैं आल टेक्निकल चैनल वाले भैया हम यहाँ पर लखनऊ और बाराबंकी लखनऊ लखनऊ बाराबंकी लगभग एक ही है अगल ही बगल है दस बारह किलोमीटर की दूरी है तो बहुत ही दूरी नहीं हम यही बाराबंकी में ज्यादा रहते हैं लखनऊ भी आते हैं तो जहाँ भी आपको मिलना हो आप आकर मिल सकते हैं और अपनी जो है समस्या दे सकते हैं समाधान हमसे ले सकते हैं कुछ मनोबल कन्या राशि वालों का आज कमजोर होता हुआ नजर आ रहा मन में असुरक्षा अच्छा की आज भावना रहेगी कुछ मामलों में परिस्थितियां उलझ सकती हैं आज आप ऐसी झंझट में कुछ मुसीबत में फंस सकते हैं कि हो सकता है कि अपने से बड़ों लोगों का आज आपको जो है मार्गदर्शन लेना पड़े कानूनी में भी आज जो का दिन है तो बहुत सतर्क रहिएगा दांपत्य जीवन में काफी मध्यता रहेगी अभिवाहित है यदि अभी तक आप विवाह नहीं हुआ है तो आज विवाह के बंधन में भी बनते हुए नजर आएंगे चलिए कन्या राशि के जात आज, आज आपको करना क्या है तो सबसे पहले चीज तो आज भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना रहेगा दूसरा आज काले कुत्ते को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ग्रीन कलर शुभ कलर अंक साथी नाम, नाम आज रहने की सलाह देते हैं तुला राशि लिब्रा तो राशिफल कह रहा है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं पर आज आपको ध्यान देना रहेगा ग्रहों की स्थितियां आज कुछ तत्काल फैसला करने के लिए प्रेरित करेंगी आज आप कोशिश कीजिएगा कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की आज आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा विशेष रखवाली करनी रहेगी इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी गहराई आएगी अविवाहित लोगों को नए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा वहीं आज आपका प्रेम संबंध भी बहुत ही प्रगाढ़ होगा नौकरी और बिजनेस में आज कुछ लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है कामकाज समय पर निपटाने की कोशिश कीजिएगा आज नौकरी के लिए नए संगठन और नए लोगों से भी देखिए कुछ बातचीत होगी बिजनेस में मेहनत ज्यादा और फायदा कम होगा सोच समझ कर आज आपको निवेश करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं तो तुला राशि के जातकों को करना क्या है कि तुला राशि के जातकों को करना यही है कि सबसे पहली चीज तो आज भगवान भोलेनाथ पर दूध से आज आपको अभिषेक करना रहेगा दूसरा रुद्राष्टक तो का पाठ करना रहेगा रुद्राष्टक का पाठ क्या है कि नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुण का का कारम। तो हमारे कम्युनिटी टैप टैप पर आप जाकर देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर आज आपका शुभ कलर है अंक शुभ अंक है बी नाम ए नाम और क्यू नाम के लोगों से आज विशेष सावधानी यहाँ पर बरतने की सलाह दी जाती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या कहता है आज का राशिफल तो वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक से विचार करिएगा और आने वाली परेशानी से आज आप निपटते हुए यहां पर दिख रहे हैं आज भाग्य का आज आपको प्रॉपर साथ मिलता हुआ नजर आएगा विचार विमर्श में आज आपको अपने से बड़े लोगों की सहयोग लेने की जरूरत रहेगी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत हो सकती है कारोबार के लिए यात्राओं का योग बन रहा है दिल-दिमाग में किसी न किसी तरीके की टेंशन होती हुई नजर आ रही है घबराहट आज आपको कुछ परेशान कर सकती है कई मामलों में आज, आज आपको किस्मत के साथ नहीं मिल पाएगा कुल मिलाकर मेहनत का आज प्रॉपर पूरा फल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा विचार विमर्श में आज काफी समय देना रहेगा भाई बहन और साथ काम करने वालों के लिए कुछ आपको जो है मदद मिल सकती है और किसी महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है कारोबार के लिए यात्राएं हो सकती है और आज आपकी धार्मिक दृष्टिकोण से भी यात्राएं होती हुई दिख रही हैं तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आज आप किसी आश्रम या मंदिर में अनाज का दान करिएगा किसी गरीब को दीजिएगा दूसरा आज कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके आप निकलिएगा आपके लिए शुभ कलर की यदि बात करें तो रेड कलर शुभ कलर है अंक आठ आपका शुभ अंक है पी नाम आई नाम और एम नाम के लोगों से आज आपको बचना रहेगा एलर्ट रहना रहेगा धनु राशि तो धनु राशि के जातको आज कोशिश कीजिएगा कि जो आपके कामकाज में रुकावटें आ रही हैं तो बातचीत के माध्यम से उच्चाधिकारियों से आज, आज आप सहयोग कर लीजिएगा और आज आपको आगे बढ़ने के कुछ अवसर शाम तक की मिलते हुए नजर आएंगे साथ कई लोग आज आपको गिफ्ट दे सकते हैं मतलब जो दोस्त लोग हैं परिवार के लोग हैं तो ये गिफ्ट देते हुए नजर आएंगे परिवार में कोई मंगलकृत कार्यों का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है आज अपने हितों का त्याग करने में भी संकोच मत करिएगा पैसे और परिवार की कुछ बातों को गुप्त रखना होगा परेशानियां बढ़ सकती है किसी भी काम पर कॉन्स्ट्रक्शन में जो है आज परेशानी महसूस हो सकती है आज जो भी योजनाएं बनाइए गुप्त रखिएगा किसी के साथ साझा मत करिएगा वाहनों और मशीनों से बहुत सावधान रहना होगा दुर्घटना का योग बन रहा है आज जीवन साथी के साथ भी संबंध साथ मधुर नहीं रहेगा तो संबंध उनसे गिफ्ट मिलता हुआ नजर आएगा करना क्या है आज आपको आज कोशिश कीजिएगा की प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर आज, आज आप जल्द दीजिएगा अगर प्रातः काल नहीं दे पाते हैं तो सायंकाल जल्द देकर एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आज आपको जलाना रहेगा आपके लिए वाइट कलर शुभ कलर है अंक आठ शुभ अंक है जी नाम टी नाम क्यू नाम पी नाम इतने लोगों से आज बहुत अलर्ट रहिएगा कैप्रिकॉन मकर राशि चलिए कुछ देख लेते हैं कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं भाई उन लोगों का भी पहन जो है पढ़ना बहुत जरूरी है प्रकाश पांडे जी लिखते हैं भैया जी आपका गृह जनपद कौन सा है जी बारह वंकी है वैसे तो हमारा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के देवरिया में मूल रूप से हम लोग देवरिया जिला के रहने वाले हैं लेकिन ग्रह जनपद यदि आप पूछे हैं तो जन्म से ही खैर बाराबंकी में ही है। और हैं और मणिप्रकाश जी लिखतेंडली कब देखेंगे इकतीस अगस्त या पांच सेप्टर के दिन कुछ घोषणा हम उसकी करेंगे तो प्लीज आप जो है धैर्य बनाए रखिये रोहित जी देखिए लिखते हैं नमस्कार आशीष जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोहित जी प्रतिष्ठित पद पे हैं रिवेन्यू जो है रिव्यू ऑफिसर हैं तो रोहित जी नमस्कार ईश्वर आपका कल्याण करें उम्मीद करते हैं कि सब आपके साथ बहुत अच्छा होता होगा सानिया जी लिखते हैं नमस्ते गुरु जी तो सानिया जी नमस्ते कन्या राशि है हमेशा बुरा ही होता है कोई उपाय बताए सानिया जी देखिए कुछ बुरा नहीं होता है सोचने का नजरिया होता है थोड़ा सा हमारी बातों को आप जानिएगा हो सकता है कि हम कहीं पर जो है जा रहे हैं गाड़ी से हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हमको थोड़ी बहुत चोट लगती है हम क्या सोचते हैं यार हमारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही नहीं है एक तरीका ये होता है सोचने का दूसरा तरीका क्या होता है दूसरा तरीका ये होता है यार हम तो एक्सीडेंट में मर ही जाते ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने हमको बचा लिया हल्की फुल्की खरों चे सोचने के दो नजरिए होते हो सकता है कि इससे ज्यादा आपको परेशानी आने वाली हो ईश्वर वहाँ पर आपको कंट्रोल किया हो तो प्लीज भगवान के संकेतों को समझिए इस प्रकार से परेशान मत हुई और आप खुद जो है जो है देवी माँ का रूप है तो आपका ग्रह वैसे क्या कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि महामृत्युंजयारी की तो आती है तो इससे आपका तो गुरु जी मेरी सिंह राशि है तो बिजनेस में कुछ बताओ गणेशा जो है क्या है गणेशा लूजी होता है देखिये मोहित जी हम ऐसे क्या बता दे आपकी सिंह राशि है सत्रह अगस्त में जो है सूर्य का जो है अपने स्वराशि तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं चलिए हो गया था चलिए मकर राशि की ओर बढ़ते हैं कि मकर राशि हो गई थी दर्शकों अभी शायद मकर राशि नहीं हुई है तो मकर राशि के जातकों आज मकर राशि के जात को आज रोजमर्रा के काम आसानी से पूर्ण होते हुए नजर आएंगे पार्टनर के साथ सहयोग रहेगा फायदा भी मिलेगा बुद्धि और चतुराई से आज आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे उन पर बीस पड़ेंगे कपड़ों के बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा समय है वहीं पर दांपत्य जीवन में खुशी आएगी सोच विचार कर कोई बात कही ठीक रहेगा और आज पत्नी की कोई बात जीवन साथी की कोई बात आपको चुभ सकती है पीड़ा पहुंचा सकती है आज बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे ज्यादा पैसा खर्च मत करिएगा स्टूडेंट्स के लिए कुल मिलाकर के अच्छा दिन है सफलता मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है वहीं पर आपके पिता का स्वास्थ्य आज थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आएगा तो उनके स्वास्थ्य का आपको आज विशेष ध्यान रखना रहेगा बेचैनी महसूस होती हुई नजर आ रही जरा जरा सी बात पर आज, आज आपका गुस्सा बढ़ सकता है तो कैप्टी कौन आज आपको करना क्या रहेगा आज आप पीपल के वृक्ष पर शाम को जल में एक चुटकी हल्दी डालकर चढ़ाना रहेगा ब्राउन कलर शुभ कलर है और अंक 9 आपका शुभ अंक है क्यू नाम यू नाम ए नाम एन नाम इतने लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है क्वाइस कुंभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज कुंभ राशि को परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे पैसा कमाने के लिए कई नए तरीके आज, आज आप अपनाते हुए नजर आएंगे नई योजनाएं बनेंगी आपने जो किया है उससे आज काफी लोग सहमत होते हुए नजर आएंगे घर परिवार में आज, आज आपका मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपके किए गए कार्यो की प्रशंसा आज आपके उच्चाधिकारी करते हुए नजर आएंगे आज किया गया निवेश आपके लिए कुछ हद तक फायदेमंद रहेगा प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे वाहन सावधानीपूर्वक चलाना रिश्ते और पार्टनरशिप से जुड़े कुछ सवाल आज आपको परेशानी पैदा करते हुए नजर से काम आज अपने ऊपर ओवरलोडिंग मत लीजिएगा अन्यथा फंसते हुए नजर आएंगे आज करना क्या है स्टेंसिल का दान करना है अपने जो है छोटे बच्चों को करना है पेंसिल हुआ कॉपी हुआ पेन हुआ किसी एक दो बच्चों को दे दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा ब्लू कलर शुभ कलर है ए नाम आई नाम यू नाम के लोगों से बहुत अलर्ट रहना है अंक चार अंतिम राशि पाइसेस मीन। तो क्या कहता है आज का राशिफल मीन राशि के के जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आज यात्राओं का योग बन रहा है घर परिवार में मिलजुल कर आज आप रहेंगे सहयोग मिलेगा प्लानिंग से काम होंगे और सक्सेस मिलेगी किसी न किसी तरीके का आज कंफ्यूजन हो सकता है कामकाज में आज आपका मन बहुत ही थोड़ा सा लगेगा नियम और कानूनों की अनदेखी करके आज आप कुछ गलत तरीके से जो है चीज करते हुए नजर आएंगे कोशिशों के हिसाब से आज आपको सफलता नहीं मिल पाएंगी आज इससे उदास होते हुए आप नजर आएंगे आज कारोबार में खर्चा ज्यादा हो सकता है नौकरों से परेशानी रहेगी दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा जीवन साथी आज आपकी बातों को महत्व तो नहीं देगा ऑफिस या फील्ड में अनचाही स्थितियां बन सकती कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आज आप खुद अपने सर पर ले सकते हैं अचानक आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है आमतौर पर सेहत ठीक रहेगी लेकिन ज्यादा थकान के कारण आज शरीर में दर्द रहेगा आज नींद की कमी अनिंद्रा का शिकार हो सकते हैं आपके पिता को स्वास्थ्य को लेकर आज आपको विशेष ध्यान जो है रखना पड़ेगा वहीं आज पेशेंस रखिएगा खुद पर धैर्य रखिएगा अपने वाड़ी पर संयम रखिएगा करना क्या है तो आज आप दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा और भगवान भोलेनाथ पर आज आप थोड़ा सा जो है तिल के तेल से अभिषेक कर दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा और खमी पत्र मिल जाए तो क्या कहने येलो कलर शुभ कलर है अंकाठ आपका शुभ अंक है आपको एस नाम जी नाम और पी नाम के लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। अब दर्शकों देखिए आज शनिवार तो आज के लिए विशेष उपाय हम क्या बता दें आपको तो चलिए आज के दिन सबसे पहली चीज तो आप कोई भी जूते चप्पल लोहे की बनी हुई वस्तुएं अथवा नया पुराना वाहन भी क्रय मत करिएगा नए कपड़े मत खरीदिएगा और आज के दिन तेल का मर्दन आप कर सकते हैं मालिश करवा सकते हैं नाखून दाढ़ी या बाल कटवाते हैं तो आयु की हानि होती है इसके साथ साथ शनिवार शाम को आज जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चीज हम आपको बता रहे हैं दूध में मिश्री आज, आज आपको खोलना रहेगा थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना रहेगा और एक चुटकी हल्दी डालिएगा इसके बाद पीपल के वृक्ष पर शाम को सात बजे के बाद आफ्टर सनसेट आपको अर्घ देना रहेगा जाकर के और दीपक चौमुखी जलाना रहेगा तिल के तेल का ये इतना छोटा सा काम करिएगा आप खुद जो है ताजुब करेंगे कि हाँ धन के नए नए मार्ग आयाम खुल रहे हैं चलिए कुछ कमेंट ले लेते हैं मणिप्रकाश जी लिखते हैं भैया कुंभ राशि है सफलता बड़े संघर्ष के साथ मिलती है मेरे भाई सफलता किसको बहुत आसानी से मिल जाती है क्या सचिन तेंदुलकर को सफलता बहुत आसानी से मिल गई की बिल गेट्स को मिल गई की बराक ओबामा को मिल गई की नरेंद्र मोदी जी को सफलता बड़े आसानी से मिल गई आप चाहे जिसको देख लीजिए चाहे जिसको सत्यन नाडेला को देख लीजिए सुंदर पिंच को देख लीजिए आप किसको सफलता मिली है बहुत आसानी से तो जितना ज्यादा आप अपेंगे आग में उतना ज्यादा आप निखरेंगे आपके अंदर निखार आएगा मिथुन को स्वामी जी लिखते सर मेरे लिए लकी अंक बताओ प्लीज मिथुन मा एम एट नंबर आपके लिए बहुत लकी नंबर रहेगा तो राकेश कुमार जी मेरी राशि लिब्रा है गुरु जी मेरा टाइम अच्छा कब आएगा राकेश जी आप लोगों का तो समय ऑलरेडी देखिए अच्छा चल रहा है तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल आपको हमारा ये राशिफल ये राशि भविष्य कैसा लगा बताइएगा सानिया जी लिखती है मेरी शादी को एक साल हो गया है बट उसमें बहुत प्रॉब्लम है सानिया जी प्लीज अपनी जन्म कुंडली दिखवा लीजिएगा ऐसे हम आपको क्या उपाय बता दें उपाय अच्छी दवाइयां जो होती हैं अगर रोग सही में पकड़ में आ गया जैसे मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवा देंगे किसी को सुगर है तो उसको सुगर की दवा देंगे किसी को सर दर्द है उसको सर दर्द की देंगे पेट दर्द है पेट दर्द की देंगे अब आपने ऐसे बोल दिया हम आपको तो आप विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा कोई यहां हम अपने आपको सर्टिफाइड करने नहीं बैठे हुए हैं कि आप हम ही से दिखवाइए किसी योग के विद्वान जोशी से दिखवा लीजिएगा डीसी हायर जी लिखते हैं सत्याकाल पंडित जी डीसी हायर जी नमस्कार राम राम आप सभी लोगों का दिन कैसा रहा कमेंट करके बताइए और प्लीज देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं आप लोग इतने बड़े बड़े फेसबुक पेज के मालिक हैं, इतने बड़े-बड़े फेसबुक ग्रुप के मालिक हैं, उसमें छोटी सी वीडियो नहीं शेयर कर सकते हैं हम आपके लिए आप लोग घंटी कितने लोग दबाए हैं अगर नहीं दबाए हैं घंटी तो एक बार घंटी पर प्रेस कर दीजिए हमारी पुरानी वीडियो जाकर के भी आप लोग देखिए तो दर्शकों दीजिए इजाजत अपने जोशी को तब तक के लिए रोहित जी बहुत जी तो हमारा हमारा ही इंफॉर्मेटिव एंड गुड एनालिस बताना तो सर्वे भवंत सुखना सर्वे संत निराम और ये हमारी वसुधा है वसुदेव कुटुंबकम तो ये पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है परिवार है और आप लोग हमारे बड़े भाई कुछ छोटे लोग हैं तो छोटे भाई माता पिता भाई बहन सब जैसे हमारे अपने माँ बाप हैं वैसे आप लोग बहुत ब्रॉड हो पूरे इंडिया से आप लोग देख रहे हैं हमारा परिवार कोई चार या पांच लोगों का सात लोगों का नहीं हमारा परिवार पूरा ये भारत देश है तो बस इसी तरीके से देखिए अपना प्यार बनाए रहिएगा क्योंकि मरने के बाद केवल एक ही चीज इंसान के साथ जाती है ये शरीर पंच तत्वों का है चित्त जल पावक गगन सबीरा पंच तत्व या रजत शरीरा सारे यहाँ पर जो अंग है पांच तत्व हैं, सारे तत्व यहीं पर छूट जाएंगे लेकिन आपका क्या रह जाएगा आप बताइए आपके साथ क्या जाएगा आपके किए गए कर्म जाएंगे और इस संसार में रहेगा क्या क्या पैसा रहेगा आप बहुत बड़े करोड़पति हैं तो क्या आपका यहाँ पैसा रहेगा बहुत बड़े बड़े करोड़पति आए गए बहुत बड़े बड़े आए और यहीं से जो है चले गए शमशान वो भी जाते हैं शमसान गरीब भी जाएगा पैसा अपने साथ कोई नहीं ले जा सका है पैसा वो लोग कैसे ले जाते हैं कुछ लोग क्या करते हैं दान पुण्य करते हैं गुप्त दान करते हैं और गरीबों की खूब सेवा करते हैं आपके अच्छे कर्म अपने लिए तो सभी जीते हैं कभी दूसरों के लिए जी कर देखिएगा तो अच्छे कर्म जो है आपके साथ जाएंगे भी और आपके ना रहने के बाद याद भी किए जाएंगे तो कोशिश करिए आप सभी लोग अच्छे कर्म किया करिए बहुत ही अच्छा रहेगा पंकज जी लिखते हैं दिसंबर में आल्सो आल्सो कमिंग टू टू लखनऊ आई वांटेड मीट पंकज जी बिल्कुल आइए आपका स्वागत है नवाबों का शहर है और यहाँ पर लखनऊ वासी सभी जो है दिल के बहुत साफ होते हैं अवधि भाषा बहुत ही जो है प्यारी यहाँ की भाषा है तो रोहित जी और हमारे जितने व्यूवर देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ इस जोशी को इजाज़त दीजिए छोड़ने का मन तो नहीं करता इसीलिए डेली लाइव आकर के हम राशिफल बताते हैं तो दर्शकों दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार राम राम और ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करें